जिसको भी राजा बनने का शौक है मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे असंभव को मजाक बनाते हुए